तो, तो तो तुम्हारा भाई आज तुम्हें कौन करना क्या बोला हम तो सबसे पहले अच्छी है नहीं और फिर बंदे पे मारना है, कोई बंदे है। कोई मारना नहीं। नहीं। नहीं। तो हमें लॉबी नहीं पहुँचना है हमें जाना है सबको ढूंढना है और लोट लोट के पुश करना है हमें उठना नहीं है लेट लेट के पुश करना है ठीक है तो हम लेट जाते हैं <laughs> के पुश करने की कोशिश करते हैं तो हमें चाहिए रैंक लो भी हमें जाना है नहीं क्या <laughs> बोला तो चलो आते हैं बंदों से फाइट लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखना आप लोग किसी से फाइट ना ले ज़्यादा से ज़्यादा तो फाइट बिल्कुल ना ले तो ये लीजिए हमें ओ, हम जीत गए हैं और हम कौन तो तो तो